का hey इस तो ये पीछे मेरा खड़ा है मेरा एक दोस्त जिसका नाम है करण और ये भी एक यूट्यूबर बनने वाला बहुत जल्दी ब्लॉगिंग करेगा तो करण कुछ कहना चाहोगे अपने फैनों से हाँ भाई मैं कहना चाहूँगा मेरे भी फॉलो करें मेरे को माई को फॉलो करें हाँ और बहुत जल्दी ये मेरे ब्लॉग्स वीडियो में देखा करेगा इससे वे मेरा जिगरी चुके हैं जहाँ से अब मेरा सुबह है एग्ज़ाम आईसीजी का इंडियन कोस्ट कार्ड का तो जाऊंगा मैं देने जो कि एक लैंडमार्क है कोका कोला खोला वहां पे मेरा एग्ज़ाम होने वाला है वहां एक स्कूल है ए डी एस रोड ऑफ कॉलेज के नाम से तो बढ़िया है वहां का ब्लॉग जल्दी आने वाला है और मैं अभी हूं जहाँ से मम्मी के यहाँ हैं वो डॉक्टर हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाला है ये स्कूटी है बाइक यहाँ से मैं जाऊँगा ठीक है को मैं कल तक सो दिखाऊंगा ठीक है भाई और सुंदर का सुंदर ऐसा कुछ, कुछ है देख लीजिए ये सब बताऊं दूल्हा बन दूल्हा बाकी भतीजी विहाई ये तो आखिर में खास बुआ की लड़की हुई आयुबा गुलाबी हे hey इस तो मैं झांसी आ गया हूँ और यहाँ कोका गोला गोडाउन की तरफ निकलने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे एडीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज है तो वहाँ ही मेरा एग्जाम होने वाला आईसीजी का देखते हैं क्या होता है उसके लिए बहुत सारा कुछ करके लिया आप पढ़ के लिए आप देखते हैं एग्जाम क्रैक कर पा रहे कि नहीं ये स्कूटी कूट, मिली है और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है मम्मी ने दी है ठीक है वो कह रहे थे दे आना ठीक है तो इसके इसके साथ आज सफर तय करेंगे और चलते हैं ये है कुछ ऐसा एरिया झांसी का यहाँ अराउंड और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा ठीक है भाई प्राइस हम लोग आ गए हैं ए डी ग्रुप ऑफ कॉलेज वाले रोड यानी कि ग्वालियर रोड पे यही है ग्वालियर वाला रोड तो यहाँ से लगभग पाँच छः किलोमीटर के रेंज में हमारा कॉलेज पड़ेगा जो यहाँ मेरा सेंटर है ए डी ग्रुप ऑफ कॉलेज और ये आपको दिख रहा होगा लोक निर्माण यहाँ के लिए तो के लिए यहाँ का बड़ा गाँव बड़ा गाँव गेट कानपुर और शिवपुरी के लिए जाता है ये जाता ग्वालियर के लिए ये हाईवे है ग्वालियर के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा यहाँ से ऐसे करके ठीक है ये आपको दिख रहा होगा और ये हमारी कड़ी है बाइक इससे अभी जाने वाले हैं ठीक है देखे भाई देखिए ये है रास्ता है। तो हम आ गए हैं सरोजनी लाइट सरोज हॉस्पिटल है ये ठीक है यहाँ दिख रहा होगा तो ये सरोजनी हॉस्पिटल और ये एरिया है कुछ ऐसा ये दिख रहा होगा ठीक है चलते हैं कुछ नहीं है तो यहाँ का एरिया कुछ ऐसा है भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या है कंफ्यूजन देखिए यहाँ हो गया यहाँ का कवर। और यहाँ ठीक है जी ठीक है, है तो गाइस अगर चैनल में पहली बार हो यार सब्सक्राइब कर लो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं और कमिंग सुन ये ट्रक कर गया भाई कुछ ऐसा दिखता है गाइस ये है हमारा सेंटर यह कॉलेज मेरा बैग वगैरह चाबी वगैरह रख ली थी इस कमरे के इस हम खड़े हैं ग्वालियर वाले रोड पर और कॉलेज था ठीक है कॉलेज कॉलेज हो गया ऐसी वगैरह सीन है बढ़िया दिख रहा है देखिए हाय अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आगे की लोकेशन पर क्योंकि ये लोकेशन सीख नहीं है अंसर ब्रीला सिटी है ये यहाँ सिटी का निर्माण होने वाला है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो मतलब सिटी निर्माण होने वाले गेट है तो मतलब कुछ अच्छा ही होगा यहाँ ये देखिए हाईवे का लोकेशन है यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है जहाँ देखिए जहाँ ऐसा दिखता है बहुत जल्दी मैं यहाँ पे से पढ़ने वाला हूँ मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कुछ करूँ और यही और कुछ अच्छा करके दिखाएँ इतना चढ़ गया काफ़ी अच्छी लोकेशन है और बाइक ये है हमारी ठीक है कॉलोनी यहाँ पीछे उस तरफ जी की कॉलोनी है रवि शर्मा विधायक जी की कॉलोनी यहाँ पर ग्वालियर रोड से अगर आप जाओगे यहाँ गेट नंबर एक की तरफ चैनल परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली लोकेशन पर ठीक है टाइप कर लीजिए और मेरा नंबर है नाइन वन इस पर कॉल करिए अगर आपको चैनल चाहिए होगा तो मैं चैनल सेव भी करने लगा लगाऊँ और मोनिटाइज कराना हो तो मेरे से संपर्क करें ठीक है और देखते हैं आगे क्या होता है से होटाइस आज सरप्राइज देने वाला देखिए कल ये दोस्त आएगा यात्रा हरिओम है ये ये आएगा कल, कल, कल यहाँ पे चले आओ हरिओम कल तुम्हारा पेपर करवा देंगे डाइस का वायु कैसे हो डाइस आज सप्राइज होने वाला bắt xe rồi đấy chứ